था यार था यार दिमाग बहुत खराब है मार के काम नहीं चला यार। चला जुगाड़ यार नहीं कर the next day bhai ye tune kya hal bana liya apna chal mere sath ja chuki hai mom o mere dil ude mahal vich reh gaya main chhad ke nahi